So, आज हम करने वाले ओवर कॉन्फिडेंस चैलेंज यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ एक एमओ रहेगी ना हेलमेट ना वेस्ट ना ग्लू ना मेडी कुछ नहीं सब कुछ हम गिराने वाले हैं सिर्फ एक एमओ में हम वन टाइप मारने का ट्राई करेंगे अगर लग गया तो फ्रेंड्स आप लोग को को और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यहाँ पर अभी मेरे पास एमओ पर ये चार बची अरे यार कहाँ से मोड़ लग रहा है चलो यहाँ पर चार सिर्फ अब मेरे पास एक एमओ बची हुई है थोड़ा लोग से हेल्थ भर लेता हूँ उसके बाद फिर इस बंदे को हम मारेंगे और फ्रेंड्स सिर्फ एक एम मगर मैंने मार लिया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक फटाक से करना पड़ेगा अरे आराम से मारूंगा आराम से, से खत्म अब फटाक से सब्सक्राइब करो फटाक से सब्सक्राइब करो